आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है दोस्तों आज का टॉपिक होगा कि आप अगर पे स्लिप डाउनलोड करना चाहते हैं अपने मोबाइल फोन से या फिर कंप्यूटर से बिल्कुल आसान और इजी तरीका है। क्योंकि दोस्तों पे स्लिप जो मास्टर लोग जो ऑनलाइन किए थे आवेदन उनका जो पेंशन का जो पंद्रह जो वृद्धि किया गया है बढ़ाया गया है उसके लिए जो पे स्लिप बनाया ऑनलाइन किया जाता है और उनका जो आप रिसीव डाउनलोड करना चाहते हैं अपने मोबाइल फोन में तो बिल्कुल आसान तरीका से आप अपने मोबाइल फोन से पे फिक्सन स्लिप को डाउनलोड कर पाएंगे आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा रेगुलर इसी बारे में जानकारी दूंगा कि आप अपने मोबाइल फोन या फिर पीसी या लैपटॉप से किस तरह से आप पे फिक्सन स्लिप डाउनलोड कर पाएंगे तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए दीजिए और मेरे चैनल को को सब्सक्राइब कर कर कर लीजिए बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर ताकि आने वाली वीडियो का हर हाँ नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा सबसे पहले क्योंकि मैं इसी कंटेंट दिया देख पा रहे हम अपने मोबाइल फोन में गूगल का जो ब्राउज़र है देख पा रहे हैं यहाँ पर हम इसको ओपन कर लिए हैं ओपन करने के बाद सर्च बार में आपको टाइप करना होगा एजुकेशन डाउट तो हम लिंक जो है यहाँ पेस्ट कर लेते हैं लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब वहाँ से भी आकर डायरेक्ट साइट पर जा सकते हैं तो मैंने जैसे लिंक यहाँ पेश किया इसको सर्च कर लेते हैं सर्च करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा आपके सामने जैसे अब इसको आप अपने मोबाइल फ़ोन का जो हम स्क्रीन उसको जो आप ऊपर के तरफ ले जाएंगे तो आपको कुछ यहाँ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल जाता है कई ऑप्शन सा आपके सामने शो हो जाता है जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं तो आपको यहाँ स्कूल लिस्ट का एक ऑप्शन मिलता है उसके नीचे आपको देखिए यहाँ व्यू टीचर डिटेल्स का एक ऑप्शन मिल जाता है आप जैसे ही इस पर आप टच करेंगे टच करने के बाद आपके सामने वेबसाइट खुलकर आ जाएगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपको मिल रहा है नंबर जो आपके पास यूएन नंबर होगा वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है उसके बाद दोस्तों आप जो डेट ओवर तो उसका यहाँ पर जो है आप फिलअप करेंगे उसके बाद आप व्यू का ऑप्शन मिल रहा है देखने को आपको जो यहाँ पर सिलेक्ट करना है तो चलिए हम फटाफट आपको पूरा डिटेल्स में बताते हैं कि आप किस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन में यूएन नंबर के माध्यम से आप अपना जो है पेफिक्सन स्लिप को डाउनलोड कर पाएंगे तो चलिए हम फटाफट अपना यू नंबर को यहाँ जो है पेस्ट कर लेते हैं डायल कर लेते हैं हमने यहाँ यू यह नंबर डायल कर लिया है उसके बाद आपको हम यह डेट ऑफ बर्थ डाल करके उनका जो है पेफिक्शन स्लिप डाउनलोड करके बताएंगे तो मैं, मैंने यहाँ यू यह यह नंबर उसका फिलअप कर लिया है उसके बाद दोस्तों अब यहाँ हम आपको जो है उनका डेट ऑफ बर्थ डाल करके यहाँ डाउनलोड करके दिखाने वाले हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल आसान और ईजी तरीका है कि आप किस तरह से यूएन नंबर से आप अपना पेफिक्सन स्लिप को डाउनलोड कर पाएंगे तो चले हम फटाफट यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल लेते हैं उसके बाद हम जो है आपको पेफिक्सन स्लिप पूरा डाउनलोड करके बताएंगे किस तरह से डाउनलोड होता है अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को जो है लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन को परेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिए तो देखिये दोस्तों मैंने यहाँ पर यू नंबर और डेट ऑफ बर्थ उनका डाल लिया है उसके बाद यहाँ देखिए व्यू का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा जैसे आप व्यू करेंगे व्यू करने के बाद आपके सामने देखिए यहाँ पेफिक्सन का जो स्लिप है वो पूरा डाउनलोड हो चुका है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उनका इसको जो है पूरा जो है ओपन करने के लिए आपको जो यहाँ प्रिंट का जो ऑप्शन है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है पी हो जाएगा और आप यहाँ देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पेफिक्सन का जो स्लिप है वो डाउनलोड कर लिया और आप भी इस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन में पेफिक्सन स्लिप का स्लिप जो है डाउनलोड कर पाएंगे अपने मोबाइल फोन से तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपना मोबाइल फ़ोन में एक बार आजमाइए और आसान तरीके से आप पे फिक्शन स्लिप को डाउनलोड कर पाएंगे लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा दिए अब वहाँ से डायरेक्ट साइट पर जा सकते हैं तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को जो है शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी कंटेंट पर मैं वीडियो लाते रहता हूँ ताकि इस तरह का वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा सबसे पहले तो चलिए दोस्तों अगला वीडियो जब तक मैं लेकर आऊंगा तब तक के लिए मैं विदा